तो सो वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बताएंगे कलकी जी के बारे में वो कहते हैं अभी कलकी क्यों मतलब गुरु गोविंद सिंह जी और महाराज प्रताप शिवाजी के बाद अंग्रेज़ों ने भारतवासियों को लाल गेहूं खाने के लिए वे अपने जिसको जलाते और समझू में फेंकते थे, थे और यही नहीं वो ये जानकर भारतवासी तो बहुत सहनशील हैं तो इसलिए अंग्रेज भारतों ने कपड़ा भी नाप नाप लेने की योजना जैसे ही चालू करने जा रहे थे तभी हिंदू जाति और धर्म की सर्वनाश की ऐसी भयानक योजना देखकर कर कश्यप को मारकर कश्यप पहलाद को मारकर बचाने की वाले श्री महाविष्णु ने कल्कि की अवतार लेने का मन बनाकर चारों युगों में बने रहे हनुमान जी से कल्कि की का उद्देश्य उद्देश घोषित करवाया और इसमें इन्होंने रामकृष्ण परमहर्ष के अब तक पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने आने वाले में कल रूप में लिखे लिखा तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मतलब प्रहलाद को बचाया था मौर उन्होंने ये बोला था कि अगले वाले आने चारों युग में मैं हनुमान जी को भी ज्ञात था कि कल के जी का अवतार होगा चारों युग से भगवान अभी भी जीते हैं जिसमें आपके धरोनाचार्य रामकृष्णा राम जी लक्ष्मी नारायण जी और जिन्होंने किताब लिखी है महर्षि बेच महसी ये सब अभी इस दुनिया धरती पर हैं यही आप देखिए यदि है पाँचों आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए किस तरह से मतलब यहाँ ये भी है कि यहाँ पाँच नहीं होते तो मंदिरों में यह मूर्तियाँ नहीं होती मतलब यदि यह पाँच नहीं होते तो मंदिर में और हिंदू डोडो पक्षी की तरह इतिहास के पन्नों में होता मतलब गुरु गोविंद सिंह जी महाराण प्रताप और शिवाजी ये सब पहले से लिखे होते और हनुमान जी और ठाकुर पराम रामकिशन परम जी डोडो डो पक्षी एक शिकार हो दो पक्षी शिकारी को अपने और आता देखकर गर्दन झुका लेता था जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने प्राचीती धरती पर लुप्त हो गई और आज इतिहास में सिर्फ एक इतनी सी फोटो रह गई है मतलब ये आप देख रहे हैं ये है जिसका नाम है आप देख सकते हैं शिकारी मतलब आते हुए गर्दन झुका लेता था जिसका नाम है आप देखिएगा इस प्रजाति का नाम ये है धरती पर लुप्त हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं तो आगे। आगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मह ऋषि विष्णु के अवतार का उद्याप करेगा महाविष्णु शक्ति गुरु बालमुकन जी और लक्ष्मी नारायण शक्ति जी और पंडित जीवन काल में हमारे और कल की जी ने मेरे दोस्तों से अनेक दृश्य अदृश्य प्रतिन फाइबर फाइबर अब तो छोटा सा बड़ा हो कल के रूप काम कर रहे हैं और ये ऑप्टिकल फाइबर है यही नहीं कल के द्वारा बाटी और बाल कलिकाओं की जो है पुकारों सहित जल्दी भगवान प्रकट लेने की सोच आ रहे हैं तो यही वीडियो पसंद आया तो कल आपको इससे अच्छे बनाएंगे